दोस्तों मेरे पास एक सवाल आया था कि डॉक्टर साहब थर्टी टू हंड्रेड प्रोटेंसी के मेडिसिन का ड्यूरेशन टाइम होता है जैसे नक्सोमिका का सात दिन एमराग्रसिया का चालीस दिन कास्टिकम का पचास दिन तो मदर टीचर का भी ड्यूरेशन टाइम होता है क्या और डूरेशन टाइम होता क्या है आज हम इसी के बारे में आज से चर्चा करेंगे दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर के, के पांडे मैं आप लोगों के सवालों के समाधान करता हूं, ट्रीटमेंट भी करता हूं और आप लोगों को तमाम होम्योपैथी से संबंधित जानकारियां भी देने की कोशिश करता हूं, जो मुझे पता है तो दोस्तों आज हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे बेसिकली पहले इसको हम समझ लेते हैं कि टाइम पीरियड किसी भी मेडिसिन का क्या होता है टाइम ड्यूरेशन क्या होता है ठीक है ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसी भी मेडिसिन का मतलब ये होता है कि कोई मेडिसिन कितने दिन तक काम कर रही है जैसे कोई भी मेडिसिन आपने लिया वो मेडिसिन जाने के बाद हमारे शरीर में वो कितने दिन तक उसका वर्क हमारे शरीर में रहता है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि एक्यूट मेडिसिन होती है एक्यूट मेडिसिन का मतलब कुछ समय तक उसका असर रहता है कुछ होती है सब एक्यूट जो कि कुछ दिनों तक रहता है और कुछ का होता है क्रोनिक मेडिसिन जिनका लंबे अंतराल तक रहता है कभी कभी ये महीनों तक इसका असर बना रहता है आपने अगर उसकी एक खुराक भी ली हुई है तो ठीक तो है तो ये इस तरह से काम करती हैं अनटन की आपने उसको एंटीडोट नहीं किया कोई ऐसी चीज़ खाई पी नहीं जिसकी वजह से एंटीडोट होता हो या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ली जो उसका एंटीडोट करती हो तो उसका असर रहता है अब चूँकि आजकल का जो खान हमारा है वो इस तरह का हो गया है कि जिसमें हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खाई देते हैं जिससे दवाएं एंटीडोट हो जाती हैं यही कारण होता है कि रिपीटिशन करने की आवश्यकता पड़ती है जो पहले के समय में दवाएं यूज़ करने का तरीका बताया जाता था कि आपने दवा के साथ साथ में कच्चा लहसुन कच्चा प्याज हींग खटाई ऐसी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है कॉफ़ी तो इसका कारण क्या होता था इसका कारण ये होता था कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि इन सारी चीज़ों से एंटीडोट हो जाती हैं ठीक है तो वैसी कंडीशन में अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा ले रहे हैं पी ले रहे हैं जिससे वो चीज एंटीडोट हो जा रही है तो क्या होगा कि फिर वो दवा का असर कम हो जाएगा कभी कभी सांप भी हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करते रहना चाहिए कि हमको या तो हम इन सारी चीज़ों का कम से कम सेवन करें और यही कारण होता है कि आजकल के डॉक्टर होम्योपैथिक मेडिसिन को रिपीट करते हैं ठीक है सुबह दोपहर शाम सुबह शाम इवन ऐसी मेडिसिन जिनका असर काफ़ी लंबे समय तक होता है बावजूद उसके उसको रिपीट करते हैं जबकि सही तरीका ये नहीं है सही तरीका ये कि आपने अगर उसकी एक खुराक भी दी हुई है तो उसका असर होगा उतने दिन तक ठीक है उतने दिन तक उसका असर रहता है अब फ्रीकवेंटी यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है जहाँ पर एक्यूट कंडीशन होती है वहाँ पर एक्यूट मेडिसिन जैसे बेलडोना है एकोनाइट है इस टाइप की जो मेडिसिन होती हैं उसको रिपीट करने की आवश्यकता होती है ठीक है क्योंकि एक्यूट केस में क्या होता है कि जो बीमारी के सिम्टम्स होते हैं वो तुरंत के आए हुए होते हैं जल्दी के आए हुए होते हैं तो उसको दूर करने के लिए रिपीटिशन आवश्यक होता है तो जब आप रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी तो उसके सिम्टम्स बॉडी के अंदर में जल्दी से आने शुरू हो जाते हैं ताकि वो बीमारी जल्दी से सही हो जाए इसलिए एक्यूट केस में रिपीटेशन जल्दी जल्दी किया जाता है सब एक्यूट में थोड़ा सा अंतराल के बाद में और क्रॉनिक केस में अगर सही मेडिसिन है तो उसका एक लंबे अंतराल तक वेट भी किया जाता है ये प्रॉपर तरीका होता है डॉक्टर हेमंत आपके समय में ये चीज़ें चलती थी काफ़ी हद तक चली है लेकिन अब सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज होती चली जा रही है क्योंकि हम बाहर का खान पान ऐसी ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं से इस पर असर आया हुआ है ठीक है तो ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी कि, कि किसी भी मेडिसिन का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है टाइम ड्यूरेशन फिर से बता दे रहा हूँ इसका मतलब ये होता है कि उस मेडिसिन इतने दिन तक काम करती है बॉडी में जाने के बाद में अगर आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया तो तो ये कंडीशन लगाना ज़रूरी है कि आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना तो वो उतने दिन तक काम करती रहेगी आपने अगर डिस्टर्ब किया तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी पहली चीज़ ये अब हम बात करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में या अलग अलग हम पोटेंसी की बात कर लें थर्टी टू हंड्रेड जैसे इसका ड्यूरेशन होता है तो क्वेश्चन ये था कि क्या मदर टीचर भी उतने दिन तक वर्क करती है जी हाँ अगर पोटेंसी सही है तो मदर टींचर भी या दवा सही है तो वो मतर मतलब नीचे भी उतने दिन तक काम करेगी ठीक है इस चीज़ का आप ध्यान देंगे उतने दिन उसका असर रहता है शरीर के अंदर में ठीक है ऐसे ही अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग यूज़ किया जाता है दोस्तों तो इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका असर उतने दिन तक रहता है आंटी कि आपने उसको कहीं से डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है अगर आप डिस्टर्ब नहीं करते तो वो उतने दिन तक जैसे नक्सोमिका का है सात दिन का तो सात दिन वो काम करती है एमरगेंसिया का है चालीस दिन का तो वो चालीस दिन तक काम करती है अगर आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया तो या उसके साथ में और कोई मेडिसिन अटैच नहीं की जो उसको एंटीडोट करती है तो वैसी कंडीशन में इसका असर रहता है शरीर के अंदर में तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो इस टॉपिक पर है मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एक बार मैं कंक्लूजन्स का कर देता हूँ किसी भी मेडिसिन को यूज़ कर हमारे बॉडी में जाने के बाद में कितने दिन तक उसका असर शरीर पर रहता है ये उसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम और अगर आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया तो उतने दिन तक उसका असर रहता है दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ में इसका अगर थर्टी पोटेंसी टू हंड्रेड या मदर टिंचर किसी भी फॉर्म में है चूँकि मेडिसिन वो है तो उसका असर रहेगा उतने दिन तक ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा रिपिटिशन से दोस्तों बचिए जब हम रिपिटिशन करते हैं तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम रिपीटिशन करते हैं किसी मेडिसिन का तो उसका नुकसान ये होता है कि अगर मेडिसिन सही है वेल सिलेक्टेड है तो वो एग्रेवेट कर जाती है ऐसे बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखा हुआ है कि अगर मेडिसिन मैंने सही दी और उनके एग्रेवेशन होने शुरू हुए बॉडी के अंदर में जो सिम्टम्स अंदर दबे हुए होते हैं वो बॉडी उनको बाहर कर देती है ठीक है किसी और वीडियो में इसके बारे में डिस्कस आपसे करेंगे कि ऐसा कैसे होता है इसको इतने से समझ लीजिए कि जब आप मेडिसिन का पावर सपोज़ बॉडी के जो डिजीज़ का पावर ये है और आपने जो मेडिसिन दिया उसका पावर ये है तो आपने क्या किया कि आपने बॉडी को इतना ज़्यादा एनर्जी दे दी तो बॉडी क्या करेगी कि वो सारी जितनी गंदगी होती है उसको बाहर करती है वही हमको एग्रेवेशन के रूप में दिखता है अलग अलग सिम्टम के रूप में दिखता है ठीक है इस टॉपिक पर एक और वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें अच्छे से आपको समझाऊँगा तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा जय हिंद जय जै भारत दोस्तों